बस्मिल्ल अस्सलाम अलगम दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी एक रूटीन शेयर करूँगा कि मैं सुबह पाँच बजे क्यों उठता हूँ इससे पहले मैं तहजद के लिए भी उठता था लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब मेरी रूटीन थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हुई है जिसकी वजह से मैं तहजद के लिए नहीं उठ पाता बस आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा अल्लाह ताली फिर मुझे हिम्मत दे और दे कि मैं फिर उसके हजूर जो है वो तहजुद की नमाज़ पढ़ सकूं और सजदे और ये तोीक़ सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से ही आती है बंदा तो है कोशिश कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता अच्छा आपको क्या लगता है कि दिन कब होता है दिन का आगाज़ कब होता है मोस्टली लोग यही सोचेंगे कि जब हम उठते हैं दिन का आगाज़ तब होता है नहीं यही तो हमारी गलती है जो हम गलती करते हैं दिन का आगाज़ आपके उठने से नहीं होता दिन का आगाज़ जब सूरज निकलने से एक घंटा पहले और सूरज गरूब होने के एक घंटा बाद दिन का अहताम हो जाता है दिन जो है वो 24 घंटे का होता है और एक दिन में 1440 मिनट होते हैं छियासी हज़ार चार होते हैं हमें लगता है कि दिन 24 घंटे का और दिन बड़ा छोटा है दर का दिन छोटा नहीं होता हमारी लेट उठने की और लेट सोने की आदत जो है वो इसको हमारे लिए बहुत छोटा कर देती है अगर एक इंसान एक बजे उठता है तो उसके लिए दिन कितना होगा जैसे कि आज सर्दियां हैं आजकल तो पाँच साढ़े पाँच बजे तक अजान हो जाती है पाँच सवा पाँच तक अगर आप देखो छः बजे तक भी देखो तो अगर वो बारह बजे उठा तो उसका दिन छः घंटे का था अगर वो एक बजे उठा तो उसका दिन पाँच घंटे का था अगर दो बजे उठा तो उसका दिन चार घंटों का था अगर इसी तरह एक बंदा सुबह चार बजे उठा तो उसका दिन कितने घंटों का था एक बंदा पांच बजे उठा तो उसका दिन कितने घंटों का था आप जरा सोचिएगा और अपने आप पे इसको रखकर देखिएगा कि आप एक दिन में कितने काम करते हैं अभी जब मैं आप आपके साथ अपनी एक रूटीन शेयर करूंगा मुझसे मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कहते हैं यार तुम्हें देखते तो नहीं लगता कि तुम कभी डिप्रेशन में थे तुम्हें देखते तो नहीं लगता कि तुम कभी एनजाइटी में थे अगर ये लोग मुझे पहले मिले होते तो शायद ये लोग तब मुझे बातें करते कि यार तू तो ऐसे तू तो वैसे दुनिया भाई किसी भी हाल में खुश नहीं होती और याद रखिएगा दुनिया जो आपको कहती है आप वो होते नहीं और जो आप होते हो वो दुनिया आपको बताती नहीं है मुख्तलिफ स्टडीज में देखा गया है कि एक इंसान को घंटे की नींद रिक्वायर होती है लाइक like, अगर आप देखो तो ये बनती है बजे से लेकर चार बजे तक और यही पीक टाइम होता है इसी टाइम को अगर आप अवेलेबल कर गए इसको मैक्सिमम आपने इसका बेनिफिट उठा लिया तो ठीक है अगर आप इसका बेनिफिट ना उठा सके तो फिर आपकी अपनी मर्जी फिर आपकी अपनी जात है फिर आपके अपने फैसले फिर आपको कोई इंसान नहीं बदल सकता अब ये अर्ली सोना अर्लीफ बेनि, इनके बेनिफिट्स इनके बेनिफिट्स के ऊपर मुफ्त रिस, रिसर्च हो चुकी हैं और मैं मुफ्त रिसर्चेज पढ़ भी चुका हूँ मैं वाई वाई स्लीप पर वीडियो भी बना चुका हूँ और उसमें जो है वो सारी चीज़ें नींद की इंपॉर्टेंस के बारे में डाइट की इंपॉर्टेंस के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ मतलब आप अगर दुनियावी एतबारी भी मल्टी मिलेनियर, मिलेनियर बंदे को उठा के देख लो वो कभी भी आपको आउट ऑफ रूटीन जाता हुआ नजर नहीं आएगा वो जल्दी सोता होगा और वो जल्दी उठता होगा क्योंकि आपका माइंड ही ऑप्टिमम स्पीड पे तब आता है जब ये जल्दी उठता है ये बात रिसर्चिस साबित कर चुकी हैं कि जल्दी उठने वाला जो बंदा होता है वो ही आगे जाके जो है ना वो ज्यादा चांस होते हैं कि वो मल्टी मिलेनियर बन सके मलेनियर बन सके जो वक्त की कदर करता है जो वक्त जो है ना वो कदरों कीमत को समझता है आप किसी भी दिन को उठा के देख ले आप किसी भी दिन के पीचर यानी कि तबलीग करने वाले बंदे को उसको आगे पहुंचाने वाले बंदे को देखिएगा कभी किसी भी आप लाइक अगर आप इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम में जो है आप नबी करीम अलैहि वसल्लम की जत को अगर आप देखते हैं उनकी लाइफ स्टाइल को देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का पहला पहर जो है वो आराम करते थे और दूसरा पहर जो है वो इबादत में गुजारते थे यानी कि तीसरा पहर आप इस तरह समझें कि वो तहजद के वक्त उठते थे तो तहजद नॉर्मली आपकी तीन साढ़े तीन दो तीन आप इसको ऐसे काउंट करें कि तीन से चार के कर सकते हैं आप ये दो से चार के जो है वो दरमियान कर सकते हैं तो मेरी भी रिसर्च यही कहती है कि इंसान को चार घंटे इनऑफ स्लीप है अगर वो अर्ली फेज में सोता है तो लाइक अगर वो नौ बजे सोता है और अगर वो जो है वह तीन बजे तक भी सोता है तो भी उसकी नींद जो है वह से छह घंटे इनफ है तो चार से छह घंटे भी ये मैटर कि चौदह सौ तो साल पहले हमें बता दिया कि जल्दी सोना है और, और आपकी सुनत भी जल्दी सोना है तो आप जब जो है वो इबादत करते थे तो वो जो वक्त होता था वो रात का पिछला पहर होता था अब इसी चीज को रिसर्चिस भी साबित कर रही है और इसी चीज को अगर आप किसी भी लाइक like, मज़हब को देखते हैं तो हर मज़हब का फॉलोअर आपको यही करता हुआ नजर आएगा अब टीचर फॉलोअर नहीं फॉलोअर तो बहुत कुछ कर रहे हैं अल्लाह ताला बस हदायत दे हमारे फॉलोअर्स को दिनेश दिन इस्लाम के फॉलोअर्स को भी और पता नहीं हम लोग किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ नहीं जा रहे मौलाना तारिक जमील साहब सुबह जल्दी उठते हैं किब रजा मुस्तफ़ाही साहब सुबह जल्दी उठते हैं एलियास रजा कादरी साहब सुबह जल्दी उठते हैं और मुफ्ती तारक मसूद साहब सुबह जल्दी उठते हैं किसी भी आप मजहबी स्कॉलर को देख लीजिएगा प्रीचर को देख लीजिएगा वो सुबह जल्दी उठता होगा क्यों क्योंकि उसने एक तो फजर की नमाज पढ़ानी होगी दूसरी चीज ये कि उसको पता है कि ये सुन्नत है सुबह जल्दी उठना और आप जब तक पैटर्न में नहीं आओगे आप कभी भी अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते आप कभी भी परफेक्ट लाइफ नहीं जी सकते आप जब आपका आपका सूरज अवेलेबल होता है आपका स्टमक भी ठीक से काम तभी करता है हम अपनी मर्जी से सोते हैं अपनी मर्जी से उठते हैं अपनी मर्जी से खाने खाते हैं मर्जी से जिंदगी तबाह कर देती हैं ये चीज़ें मैंने इस सारी रिसर्च से मैंने एक परफेक्ट डे डिसाइड किया परफेक्ट डे अपना डिजाइन किया मैंने देखा कि यह मेरा जो डे है ना दिस इज अ परफेक्ट डे ये मेरा परफेक्ट डे है उस परफेक्ट डे को मैंने देखा मैंने फाइव ए से स्टार्ट किया पांच बजे से लेके रात नौ बजे तक यह मेरा पूरा दिन होता है इस दिन में मैं इतना कुछ करता हूं कितना कुछ करता हूं वो मैं आपको बताता हूं पहले तो वीडियो को लाइक करें इसको शेयर करें दूसरों तो लोगों तक और चैनल को सब्सक्राइब करें वो ना हो के वीडियो में जो है वो आप भूल ही जाए कि ये भी करना था माइंड की सबसे पहली स्टेट ऑप्टिमम कब होगा जब वो स्टार्टिंग में होगा सुबह सुबह होगा सुबह सुबह मैं पहला काम यह नहीं करता कि जंप इन मोबाइल या किसी काम है नहीं मैं मोबाइल को छोड़ता हूँ मैं जब भी उठता हूँ सिर्फ पाँच मिनट मैं आंखें बंद करके अपनी मेडिटेशन करता हूँ फिर उसके बाद नमाज पढ़ता हूँ फिर कुरान तलावत एक डेली की मैं अहदीस डेली की एक हदीस मैं जो है वो लर्न करता हूँ याद करता हूँ लर्न बाय हार्ट करता हूँ उसके बाद मैं लाइक थोड़ा सा मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ी सी कुरान जीद को भी पढ़ सकूँ द्रुद इब्राहिम भी, भी पढ़ सकूँ दैन मैं सिक्स से ले आप पूरा एक घंटा मैं वॉक करता हूं और मैं जब एक घंटा वॉक करता हूं वो जरूरी नहीं कि मैं बाहर ही करूं मैं कमरे में भी कर लेता हूं मैं एक घंटा वॉक करता हूं उस पूरे एक घंटे में मैं बुक समरी सुनता हूं उसके बाद सेवन मैं नाश्ता करता हूं नाश्ते में के बाद कोशिश करता हूं कि मैं कुछ राइटिंग करूं मैं अपनी बुक पर काम करता हूँ मेरी और भी बहुत सी बुस हैं जिनपे मैं थोड़ा थोड़ा लेटर ऑन काम करता रहता हूँ वीडियो का कॉन्टेंट रेडी करता हूँ थोड़ी सी उस पीरियड में एक अगर मैंने आ, कुछ मेरे दोस्त हैं जिनके लिए मैं राइटिंग भी करता हूं और अगर उनके लिए कुछ लिखना हो तो मैं कुछ उनके लिए जो है वो लिख देता हूं थोड़ा सा सुबह नौ बजे के बाद मैं लैपटॉप पे बैठ जाता हूं लैपटॉप पे मेरा लैपटॉप का, का काम स्टार्ट हो जाता है इस दौरान अगर किसी के -किस साथ मीटिंग है तो मीटिंग को भी मैं लाइक स्कैल करता हूँ बट मेरी एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैं वक्त की पाबंदी करता हूँ मैं हमेशा अगर किसी बंदे ने कहा ना बारह बजे तो मैं बारह बजने में दस मिनट होंगे जब मैं उधर ये सबसे अच्छी मुझे आदत लगती है बाकी लोग हमारे इधर पाबंदी नहीं करते वक्त की यह सबसे बड़ी जो है ना वो गलत बात है उसके बाद मैं दोपहर को जो है वो दोपहर का खाना खाता हूँ एक बजे से ले कर डेढ़ बजे के, के दरमियान फिर नमाज़ का वक्त हो जाता है फिर मैं दो से ले कर ढाई बजे तक जो है वो मैं पावर नैप लेता हूँ चार से पाँच फिर मैं वॉक करता हूँ इस दौरान अगर कोई कोचिंग हो तो कोचिंग दे देता हूँ नहीं तो मैं बुक समरी सुन लेता हूँ और इसके अलावा जो है मैं कुछ मेरे कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनको मैंने कॉल्स करनी होती हैं अपने दूसरे बिजनेस के हवाले से उनको मैं कॉल्स वगैरह कर लेता हूँ उनके साथ जो टीम के साथ टचअप कर लेता हूँ कि हाँ भाई कैसा चल रहा है सब क्या मतलब तुम लोग कर रहे हो कहाँ तक पहुँचा काम ये सारा कुछ जो होता है मेरा एक घंटे में डिज़ाइन होता है मुझे एक घंटे में ये सब कुछ करना होता है फाइव टू सिक्स जिम जिम में जा रनिंग एक्सरसाइज स्टमिक की एक्सरसाइज़ हल्की फुल्की बॉडी बिल्डिंग डम्बल शम्बल उठाता हूँ फिर मैं तकरीबन साढ़े छः बजे जो है वो रात का खाना खा लेता हूँ रात का खाना खाने के बाद थोड़ी सी वॉक करता हूँ अगर लाइक जरूरत लगे मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मैं करता तीस चालीस मिनट बस इनफ है बाहर का मैं बहुत कम खाता हूँ वन सा वाइल कभी कबार, कभी दोस्तों के साथ हो गया तो हो गया ईशा की नमाज के बाद कोशिश होती है थोड़ी सी वॉक लाइक अगर हो गई तो ठीक है अदरवाइज नहीं फिर उसके बाद मैं फिर बुक समरी सुनता हूँ मैं ऑडियो में सुनता हूँ लाइक मेरे कानों में ईयरबड्स लगे होते हैं और मैं सुन के आइज़ मैंने क्लोज़ की होती है मैं थोड़ी फिर मैं थोड़ी देर के लिए राइटिंग करता हूँ कि मैं थोड़ी सी राइटिंग कर सकूँ तकरीबन एक घंटा या पंद्रह मिनट या बीस मिनट जितना मुझे लगे फिर उसके बाद मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ कि मैं एक वीडियो बना सकूँ उस वीडियो को फिर मैं बना के तकरीबन रात के नौ बज जाते हैं और कभी कभार साढ़े नौ बज जाते हैं बट उस पर भी मैं लास्ट चीज़ एक करता हूँ कि मैं कम से कम 30 टू 40 मिनट कोई बुक पढ़ सकूँ मैंने ज़िंदगी में इस रूटीन को फ़ॉलो किया और मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी बंदा इस रूटीन को फॉलो करता है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है मैं दोस्तों से भी मिलता हूँ मैं लोगों से भी मिलता हूँ हाँ और एक सबसे बड़ी चीज़ ये कि मैं दिन का आगाज़ हमेशा सदके से करता हूँ हमेशा मैंने लाइक like, सोचा होता है मैं अपने वॉलेट से इतने पैसे निकाल के साइड पर रख देता हूँ कि अल्लाह तेरी राह में आ जाइए इतने लो इतने पैसे हैं बस इसके हकदार तक तो किसको पहुँचा दी मेरी ये सुबह की नीयत होती है और मैं सुबह ही ये स्टार्टिंग में पहला काम कर देता हूँ ज़रूरी नहीं कि मैं बहुत लाखों में है या हज़ारों में करता हूँ जितनी मेरी हैसियत है जितनी मेरी अल्लाह तुझे दी है मैंने एक परसेंटेज अल्लाह से डिफ़ाइन की हुई है कि अल्लाह इतनी है मेरी और ये बढ़ती रहेगी जब तक बिजनेस बढ़ता रहेगा हर चीज अल्लाह ताला की उसमें मैंने क्लियर रखी हुई है कि मेरी पार्टनरशिप मेरे रब के साथ है अभी अपने रब से पार्टनरशिप करें यार ये वो चीजें हैं जो हर मिलेनियर हर मल्टी मिलेनियर हर को जरूरी नहीं कि कोई अरपति खरपति ये रूटीन फॉलो करता है मैंने जिस बंदे को भी ये रूटीन फॉलो करते देखा है मैंने उसको हेल्थी देखा है मैंने उसको वेल्दी देखा है मैंने उसको लाइक हर तरह का एक्टिव बंदा देखा है आप चंद दिनों में मेरे कहने पे इस रूटीन को फॉलो करो मैं बदल रहा हूँ मैंने इसको बदल देना है मैंने इसको थ्री ए एम लाइक रात तीन बजे कर लेना है या चार बजे कर लेना है मैं इसको बदल रहा हूँ अभी मेरे पास और भी बड़े काम होते हैं इसमें तो मैंने घर के काम ऐड ही नहीं किए घर के काम भी मुझे करने पड़ते हैं बड़ी चीज़ें हैं मुझे जो करनी पड़ती हैं इस सब रूटीन में मैंने वो ऐड नहीं किया मेरा एक दिन इतना इतना बड़ा होता है कि मुझे लगता है कि दिन भरा और मेरे काम बज दफ़ा इतने ज़्यादा होते हैं पर मैं उन सब को भी एक मैनेजमेंट के साथ चलता हूँ देखो यार ज़िंदगी में कोई आपको बनाने के लिए नहीं आएगा कोई आपको बदलने के लिए नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी आपने ये काम करना है लोग आएंगे अपने अपने तजर्बे से अपनी अपनी बातें करेंगे अपना अपना जो है वो आपको प्रोडक्ट बेचेंगे और चले जाएँगे आपकी सबसे बड़ी प्रोडक्ट आपकी अपनी जात है जो चीज़ आप पर असर नहीं करती ना वो आपके लिए यूज़लेस है आप खुद के लिए वक्त निकालें आप खुद की ज़िंदगी बदलने का खुद फैसला करें आप खुद को बनाएं आप खुद को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं आप कर सकते हैं आई पर्सनली बिलीव कि आप कर सकते हैं इस सारी रूटीन में आपको क्या पता मैं कितनी दफा नेगेटिव होता हूँ बट मैं नेगेटिव से होके पॉजिटिव हो जाता हूँ मैं जीरो स्टेट को एक्सपीरियंस कर रहा हूं जीरो स्टेट क्या है कि ना ही मुझे हर टाइम पॉजिटिव सोचना है ना ही मुझे हर टाइम नेगेटिव सोचना है मुझे जीरो स्टेट में रहना हाँ भाई नेगेटिव भी चल रहे दिन में चलने दो पॉजिटिव भी चल रहे दिन में चलने दो मैं चलते चलते पूरी पूरी जो है वो वीडियो का कॉन्टेंट सोच लेता हूँ अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ मैंने सिर्फ वो आउटलाइन क्रिएट होगी होगी वो सामने बाकी मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ मैं एक ही गो में वीडियो बना देता हूं मैं एक ही गो में सारा कुछ कर देता हूं तो ये सब कैसे है ये इस सब इसीलिए कि मैं खुद से मोहब्बत करता हूं मैं खुद से लव करता हूं मुझे अपनी कदर व कीमत का पता है पता है मेरी मेरी एक जो मुझे लगता है सब सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक बार मैं सोचता ना फिर मैं पीछे नहीं हटता फिर मैं कर देता हूँ तो ज़िंदगी में आप सोचो और उस पर अमल करो यार आपकी ज़िंदगी के फैसले आपने करने हैं किसी और ने नहीं करने बड़ी सिंपल सी रूटीन दी है मैंने आपको अगर आप इस रूटीन को भी नहीं फॉलो कर सकते ना तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ यू एस ए में इससे टफ़ रूटीन लोग फॉलो करते हैं बाहर की कंट्रीज में इससे टफ रूटीन लोग फॉलो करते हैं और हम यहाँ मुसलमान क्या कर रहे हैं यार हम ना आदिम की सुन रहे हैं ना दुनिया की सुन रहे हैं ना अपने आप की सुन रहे हैं ना करो यार से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके कुछ भी नहीं मिलने वाला अल्लाह तला से और अल्लाह के नबी करीम सल्ला वसलम से जुड़ जाओ आप को पता भी नहीं चलेगा कब आप ज़िंदगी को जीत जाओगे आप देखना आप कितने बेहतर से बेहतरीन हो जाते तो वीडियो का इतमाम यही करते हैं अपना बहुत ख्याल रखिएगा मुझे दुआ में याद रखिए अब मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ असल अल्लाह हाफिज़